दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सपोर्ट में आइए जानते हैं कि JPG से PDF फाइल कैसे कन्वर्ट की जाती है आज हम आपको बताएंगे कि JPG को PDF में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मान लीजिए आपका कोई PDF फाइल है आप उसको JPG में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इस ट्रिक से कर सकते हैं इसी प्रकार मान लीजिए आपकी कोई सी भी फाइल जे में है एक फाइल है आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं या दो जेपीजी पी आप उसको मर्ज कर पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हैं जी हाँ इसके लिए आपको यहाँ पर गूगल में आ जाना है यहाँ पर हम टाइप करेंगे जे टू पीडीएफ जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे पहला फॉन्ट इस तरह से आपके सामने खुलकर आएगा जिसे हम क्लिक कर देना है ओपन करते ही यहां पर जेपीजी टू पीडीएफ का ऑप्शन शो करेगा जहां पर आपको जेपीजी फाइल सिलेक्ट करना रहेगी मान लीजिए हमारी पहली फाइल ये ओपन कर लेते हैं इसको हमें कन्वर्ट टू पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है मान लीजिए आपकी कोई और पीजेपीजी फाइल एक्स्ट्रा है जिसे आप मर्ज कर पीडीएफ कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप प्लस आइकन बटन पर क्लिक करके और भी आप इसमें एड कर सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने दो जेपी फाइल कन्वर्ट करने के लिए तैयार है हम कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आई लो पी की नई फाइल तैयार हो जाएगी जिसे हम डाउनलोड ऑप्शन से डाउनलोड कर लेंगे जैसे ही आप डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ कोने में आपको एक डाउनलोड सर्कल में डाउनलोड पी फाइल कंप्लीट हो जाएगी जिसे हमें रिटर्न ओपन कर लेना है और आसानी से इस प्रकार आप अपने जेपी फाइल को पी में कन्वर्ट कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए धन्यवाद